यह ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति से लाई गई मशाल की लॉ के जरिए अब इस वक्त शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ को प्रज्वलित किया जा रहा है और इसमें अमर जवान ज्योति की लॉ समाहित है समाहित हो गई है ये बलिदानियों की शहादत और देश आज ऐसे सभी वीर रण का ऐसे सभी शहीदों का बलिदानियों का शत शत नमन कर रहा है हमारे अमर जवानों को याद कर रहा है इंडिया रिमेंबर्स ब्रेफ सोल्जर्स एट दिस सोलम मोमेंट एस सी आई एस सी एयर मार्शल बाल